हेलो गाइज स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजी फैक्ट्स पर आज के वीडियो में हम जानेंगे उन तथ्यों के बारे में जिनके बारे में हम आज तक गलत सुनते आए हैं क्या ये सच हैं और क्या झूठ है तो लेट्स विदा आप इसमें आज तक हम सुनते आए हैं कि पेड़ लगाओ क्योंकि पेड़ों से हमको सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है किंतु ये गलत है हमको सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन समुद्रों से प्राप्त होती है जो कि 50 से अस्सी प्रतिशत तक है जिसे समुद्र में उपस्थित जीव जंतु प्रोड्यूस करते हैं। हम आज तक समझते आए हैं कि अलार्म लगा सोने से समय से उठा जा सकता है जो की सही है किन्तु अचानक अलार्म की आवाज से उठना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है अचानक उठने से हार्ट अटैक जैसी दिल की बीमारियां हो जाती है हम सोचते हैं की अधिक सोने से हमारी नींद पूरी हो जाएगी जिससे हम फ्रेश महसूस करेंगे किंतु आठ घंटे से ज्यादा सोने से हमारे शरीर में आलस आ जाता है हमने अब तक पढ़ाया कि पृथ्वी पर गुरुत्वाषण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स हर स्थान पर समान है जो कि गलत है 1960 की एक रिसर्च के मुताबिक कुछ स्थानों पर गुरुत्वाषण बल अन्य स्थानों से बहुत कम है हम सोचते हैं कि ग्रेनेड में लगी सेफ्टी पिन केवल एक दिखावा है जबकि ये पिन रियल में होती है जो ग्रेनेड को ब्लास्ट से रोकती है अधिकांश फिल्मों में देखकर हम समझते हैं कि कोर्ट में मुजरिम और गवाहों से धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम दी जाती है जबकि इस प्रथा को 120 साल पहले ही अंग्रेजों द्वारा खत्म कर दिया गया है तो आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताए इसे वीडियो को शेयर करना न भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें बता सकते हैं तो कमेंट में प्लीज जरूर बताए